हेलो दोस्तों कैसो आप मेरा नाम है विशाल हेलो दोस्तों कैसो आप मेरा नाम है विशाल और पीसी सी मोड में आपका स्वागत है दोस्तों और इस वीडियो में हम बात करेंगे एम डी के रेडियोन सिक्स हंड्रेड सिक्स की लैपटॉप जी के बारे में ये जो भी जी पी है वो सीएस 2022 में लॉन्च किया गया था जो कि पाँच जनवरी को था और कुल मिलाकर यहाँ पे आपको नौ जी देखने को मिलता है आठ यहां पे जो है वो लैपटॉप जीपीयूस हैं और एक आपको यहां पे डेस्कटॉप जीपीयू देखने को मिलता है जो कि आर एक्स सिक्सटी फाइव हंड्रेड एक्स और ये जो जीपीयू है वो काफ़ी अच्छा आपको आ, परफॉर्मेंस दे देता है यहाँ पे 1080p गेमिंग में और सिक्सटी ए या फिर बोल सकते हो 65 फाइव सेवेंटी तक यहाँ पे आपको fps देखने को मिलता है हाई सेटिंग में लेकिन ये जो gpu है वो 200 डॉलर के हिसाब से तो ठीक है लेकिन अगर आप एम से ज़्यादा के प्राइस पॉइंट में खरीदते हो तो कोई अच्छा यहाँ पे सेंस नहीं बनाता है बनता है क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा अच्छा ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है ख़ास अगर बात करें हम आर आर एक्स सिक्सटी सिक्स हंड्रेड और भी कई सारे ऐसे जीपीयू पी हैं जैसे कि आर एक्स फिफ्टी सिक्स फाइव हंड्रेड सिक्सटी और आर एक्स फाइव हंड्रेड सेवेंटी तो ये भी जीपीयूस काफ़ी अच्छे जीपीयूस पी है अभी उसके हिसाब से अगर देखा जाए इसमें काफ़ी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में गड़बड़ी है क्योंकि यहाँ पे जो बस स्पीड बताया गया था उतना आपको बस स्पीड नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे हाफ बस स्पीड देखने को मिलता है और यहाँ पे फोर जी बी यहाँ पर डी सिक्स मेमोरी देखने को मिलता है एटलीस्ट यहाँ पे सिक्स जी बी सिक्स मेमोरी आपको देना चाहिए था तो यही सब कारण से ये जो जी है वो ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल नहीं देता है या फिर बोल सकते हो कि पंद्रह के पंद्रह हज़ार के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल दे देता है ठीक ठाक तो लेकिन अगर आप देखोगे तो इसी प्राइस रेंज में आपको और अच्छे ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे थोड़ा सा अगर आपका बजट ज़्यादा है तो तो इसको मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ जो कि एल एल एल टी टी स्टोर में मतलब कि लाइनस टेक टिप्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 600 हंड्रेड एस सीरीज़ के बारे में तो 600 हंड्रेड एस सीरीज़ अभी न्यू लॉन्च किया गया है और इसमें आपको तीन जी देखने को मिलता है आर एक्स सिक्सटी एट एक्स आर एक्स एक्स और आर एक्स एक्स और ये जो जी है वो खासकर स्लिम एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए ही लॉन्च किया गया है जैसे कि कुछ यहाँ पे आपको इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स देखने को मिलता है तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे ये यह जी उसी उस तरह के लैपटॉप्स के लिए रिलीज़ किया गया है मतलब कि स्लिम प्रोफाइल और जो काफ़ी पतले पतले लैपटॉप होते हैं उसके लिए ये तीन जी आपको देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं लेकिन और अगर बात करें तो यहाँ पे आ, जो ट्रेडिशनल लैपटॉप जैसे कि जो गेमिंग लैपटॉप्स या फिर बोल सकते हो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो लैपटॉप्स लॉन्च किया जाता था हेवी परफॉर्मेंस वगैरह के लिए तो इसमें आपको पांच जी देखने को मिलता है जो, जो कि है आर एक्स सिक्सटी फाइव सिक्सटी एट हंड्रेड एम एक्स टी और आर एक्स 500m और RX 6300m तो यहाँ पे कुछ पांच जी पी ओ देखने को मिलता है जो कि है एम सीरीज में तो काफ़ी अच्छा है और एम सीरीज़ में अगर मैं बताऊँ तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे RX 60 एट हंड्रेड में 7% परसेंट फास्टर है आर एक्स सिक्सटी एट से और अगर बात करें हम आर एक्स सिक्सटी और आर एक्स सिक्सटी की तो ये 20% ट्वेंटी फास्टर है आर एक्स सिक्सटी से और बात करें अगर हम आर एक्स और आर एक्स की तो यहाँ पे 200% फास्टर है यानी कि बोल सकते हो डबल परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देगा ये जीपीयूस तो ठीक ठाक है और इन तीनों जीपीयू जो कि मैंने बताया कि एस सीरीज़ की तो एस सीरीज़ में अगर बताएं तो आर एक्स एस जो है वो 100 एफपीएस पी एस मैक्स सेटिंग्स से में निकाल कर दे सकता है ये एम का क्लेम है और आर एक्स RX 6700S में ये 100 FPS पी एस हाई सेटिंग में डिलीवर कर सकता है और RX 6600S की बात करूँ तो 80 प्लस FPS पी एस हाँ निकाल कर दे देगा तो बात करें अगर ये FPS की तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है हो सकता है मतलब कि अच्छा क्लेम किया है क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्यू कंप्यूट यूनिट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इन जी में और जिस तरह कंप्यूटर यूनिट मैंने देखा है स्पेसिफिकेशन में उसके हिसाब से ये डिलीवर कर पाएगा इतना fps तो ठीक है अब बात करें अगर कर हम और भी फीचर्स की तो यहाँ पे जो डिस् डिस्क्रिट और भी प्रोडक्ट्स की जो कि है डिस्क्रिट जी amd का रेडियो rx एक्स सिक्सटी फाइव तो ये 2.5 पॉइंट फाइव गीगा यहाँ पर मैक्स इसका क्लॉक फ्रिक्वेंसी है और यहाँ पे आपको 60 कम्प्यूट यूनिट देखने को मिलता है और बोल सकते हो रे एक्सिलेरेटस और 60 एम का यहाँ पे इंफिनिटी कैच मेमोरी देखने को मिलता है और बात करें ये कितना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस निकाल कर देगा तो gtx 1660 जितना यहाँ पे ये परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देगा मतलब कि सेम थोड़ा सा ज़्यादा और कम यहाँ परफॉर्मेंस होते रहता है मतलब कि gtx टी एस कुछ गेम्स में यहाँ पे ज़्यादा एफ निकाल कर देता है और कुछ है, गेम्स में यहाँ पे आर एक्स सिक्सटी फाइव हंड्रेड एक्स आपको ज़्यादा एफ निकाल कर देता है तो उतना ही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और बात करें और भी कंपेरिज़न की तो बोल सकते हो कि जो एम के आर एक्स फाइव सेवेंटी है उससे आपको थोड़ा सा बेटर एफ आपको देखने को मिलता है और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर जो बस स्पीड है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है और जो पी सी है वहाँ पर फोर लेन का ही सपोर्ट है यहाँ पे फुल पी सी का सपोर्ट नहीं है मतलब कि सिक्सटीन स्लॉट यहाँ पर वर्क नहीं करता यहाँ पे फोर लेन ही वर्क करता है और जो इसका वाटेज है बात करें वाटेज की तो यहाँ पे हंड्रेड वाट यहाँ पे मैक्स टी लेकिन जो एक्जुअल जो कंजपसन है वो सेवन यहाँ पे एटी फाइव वाट के तकरीबन आता है तो सेवेंटी वाट तो पीसीआई स्लॉट से ही तो इसको मिल जाएगा और पंद्रह वाट के लिए शायद आपको यहाँ पर सप्लाई खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए अगर बताएँ तो यहाँ पे थोड़ा सा और वाटेज इसका कम हो सकता था तो यहाँ पे डायरेक्ट पीसीआई स्लॉट से ही इसको पावर मिल जाता तो आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे झंझट नहीं लेना था मोलैक्स वगैरह केवल का तो क्या बोल क्या कर सकते हो अब जिस तरह ये लॉन्च हुआ है उस तरह लॉन्च हुआ ही वो और सिक्स नैनोमीटर फेब्रिकेशन प्रोसेस पर ये बेस्ट है और अगर आपको मतलब कि न्यू आर्किटेक्चर वाला कोई जी चाहिए और बोल सकते हो कि थोड़ा सा आपको गेमिंग वगैरह भी करना है तो काफ़ी अच्छा है लेकिन जो एम एस आर पी है जो पंद्रह हज़ार के प्राइस टैग के साथ ये जो जी पी ओ है उस प्राइस पॉइंट पे आप अगर खरीदते हो तो ठीक है लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा अगर आपको मिलता है और शायद मिलेगा भी इंडिया में सोलह हज़ार या फिर सत्रह हज़ार के आसपास पास में तो उतना मैं भी खरीद सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप स्पेंड करते हो तो वर्थ नहीं करता यहाँ पे काफ़ी सारे जीपीयूस पी है और काफ़ी एनवीडिया का भी एक नया शायद बजट जी लॉन्च हुआ था सीएस में उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेकिन हाँ उस, वो भी आप देख सकते हो और अगर लॉन्चेस की बात करें तो यहाँ पे ए ने एड्रिलियन एडिशन का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है जो कि एफएसआर वगैरह को यहाँ पे इनेबल करके आपको ज़्यादा थोड़ा सा एफ देखने को मिल सकता है और ये हाई रेजोलेशन को सपोर्ट करेगा और ए के लिंक 5.0 को भी ये सपोर्ट करता है और रेडियन सीज में ये हाई रेजोल्यूसन को मतलब कि जो रेजोलेशन है वो थोड़ा सा गेम का यहाँ पर बूस्ट कर देता है बिना एफ ड्रॉप किए तो एड्रिलियन एडिशन का जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हो कि गेमिंग वगैरह में आपको हेल्प करेगा तो वो भी लॉन्च किया गया है और ये क्वार्टर वन 2022 में देखने को मिल जाएगा यानी कि फरवरी में और बात करें अगर हम तो यहाँ पे एम के जो एडवांटेज है यानी कि तीन कोर प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो वो है एम्पलीफाइड परफॉर्मेंस जिसमें ये आपकी बार एम के रेडियंस ग्राफिक्स और एम के सिक्स प्रोसेसर के साथ काफ़ी अच्छा तरीके से स्मार्ट पावर uh, स्मार्ट पावर पावर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये जो स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी है यहाँ पे जिस तरह गेम यहाँ पे डिमांड करता है तो उस तरह से यहाँ पे यहाँ पे पावर को पुस्ट करता है और कुछ गेम्स यहाँ पे लो लो जीपीयू डिमांड करता है तो उसके लिए यहाँ पे जो रेडियो का सिक्स हंड्रेड सिक्स है वहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर चालीस कंप्यूटर यूनिट है तो यहाँ 20 से कंप्यूटर यूनिट बंद हो जाएगा और 20 कंप्यूटर यूनिट ऑन रहेगा जिससे थोड़ा सा वाटेज आपको कम कंज्युप्सन देखने को मिलेगा और यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस में भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो इस इत, इस इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलता है और सेकेंड सेकेंड यहाँ पर कोर प्रिंसिपल की बात करें जो कि है विजुअल तो विजुल में यहाँ पर एम ने बताया है कि सारे जितने भी लैपटॉप्स हैं जो कि एम सी एम के साथ आएंगे तो उसमें आपको 100 144 हर्ट्ज का यहाँ पे एफ एस डी प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा और एम का फ्री सिंक टेक्नोलॉजी भी उसमें होना चाहिए डिस्प्ले में और यहाँ पे 120 हर्ट्ज हर्ट्स और यू को भी इंट्रोड्यूस किया गया है तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 144 हर्ट्ज फोर हर्ट्स डिस्प्ले तो जितने भी लैपटॉप्स आपको देखने को मिलेंगे तो ये डिस्प्ले के साथ आपको मिनिमम डिस्प्ले जो स्पेक्स है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा और थर्ड प्रिंसिपल की अगर बात करें तो वो है यहाँ पे जो गेमिंग के लिए है तो गेमिंग में यहाँ पे आपको यही पी सी आई फोर एन का सपोर्ट देखने को मिलता है और एटलीस्ट जितने भी लैपटॉप से सिप हो हो अभी हो रहे हैं उसमें आपको एटलीस्ट सिक्सटीन तक का यहाँ पर डी मेमोरी देखने को मिलेगा ही मिलेगा और न्यू थिन एंड लाइट वगैरह डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा ही सारे लैपटॉप्स वगैरह में तो जो यहाँ पे सिक्सटीन जी की बात करें तो एट जी रैम अब काफ़ी यहाँ पे आ, जस्ट जस्टिफाई नहीं करता है क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आप ज़्यादा रैम का डिमांड करता है तो सिक्सटीन जी आपके लिए बोल सकते हो मोर देन इनफ नहीं है लेकिन बोल सकते हो ठीक ठाक है और अगर बात करें 32 32 थर्टी टू रैम की तो वो है यहाँ पे बेस्ट चॉइस अभी अगर बात करें फीचर्स के फ्यूचर के हिसाब से तो 16 जी या फिर 32 टू जी है बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन बनता है और 8 जी मत खरीदना अभी हाल हाल ही में एप्पल की बात करें तो ऐपल का दूसरा आता है उसमें आपको स्मार्ट रैम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें जी और सी दोनों सेम रैम को यूटिलाइज़ करता है मतलब कि दोनों एक सेम मतलब कि एट जी रैम को ही यूटिलाइज मतलब कि यूज़ करता है और थोड़ा सा वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वगैरह भी काफ़ी ऑप्टिमाइज देखने को मिलता है लेकिन विंडो में आपको सिक्सटीन जी मिनिमम क्राइटेरिया रखना चाहिए अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट शिफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से काम करता है जो आपके जीपीयू और जो सीपीयू है उसमें जितना पावर यहाँ पे डिलीवर हो मतलब कि जितना उसको पावर चाहिए रिक्वायर हो उतना ही पावर ये डिलीवर करता है और स्मार्ट शिफ्ट ईको की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने जो पावर मतलब कि जब आप चार्जिंग में डालते हो अपना लैपटॉप तो आप यहाँ पे रेडियन के जो जीपीयू है उसमें आपका गेम चलेगा मतलब कि जिस तरह अगर मान लो कि कोई आप मान लो फायर क्राइ सिक्स ही खेल रहे हो और जैसे ही आप पावर को हटाते हो तो ये पुष्प करता है कि आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक पर खेलो मतलब कि जो AMD के सी में आर 2 एन ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता है जो कि लॉन्च हुआ था कवर भी किया था यहाँ पे आई वटन में मिल जाएगा तो उस पे ये पुषअप करता मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक पर ये गेम चला जाता है और आई पर ये गेम चलने लगता है और अगर वो नहीं चल पाता तो अगेन फिर दोबारा यहाँ पे जो डिस्क्रीट जी है बोल सकते हो ये आर एक्स सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एस वगैरह तो उस पे ये शिफ्ट हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी काम करता है और अगर आप चार्जिंग में यूज़ कर रहे हो तो पावर तो मिल ही रहा है तो कोई भी जीपीयू यूज़ करे तो क्या फ़र्क पड़ता है मतलब कि वो ज़्यादा पावरफुल जीपीयू ही यूज़ करेगा अगर आप चार्जिंग मोड में खेलते हो तो लेकिन अगर आप अनप्लग कर देते हो तो ये स्विच करता है आईजीपीयू पे क्योंकि यहाँ पे पावर का जो कंजप्शन है वो आईजीपीयू में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको कम देखने को मिलता है और बात करें अगर हम तो एम का स्मार्ट एक्सेस ग्राफिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जैसे कि कुछ यहाँ पे जैसे एक्सेस ग्राफिक्स मतलब कि जैसे अगर मान लो कि आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हो तो ये जो स्मार्ट एक्सेस से ग्राफिक्स है वो आईजीपीयू पे अगेन शिफ्ट हो जाएगा और कुछ कुछ सैनरियों में ये आ, कुछ एआई की तरह काम करता है जिस तरह आपका सॉफ्टवेयर वगैरह डिमांड करता है उस तरह से ये ग्राफिक्स को स्विच करता है आईजीपीयू और डिस्क्रट जीपीयू के बीच में तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्मार्ट एक्सेस ग्राफिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है लैपटॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं Alienware की एम सेवेंटी और भी 20 से अलग अलग प्रकार की आपको यहाँ पे लैपटॉप्स देखने को मिलेंगे इसी साल तो वो भी काफ़ी काफ़ी अच्छा होने वाला है और बताएँ तो ये जो GPU है वो क्वार्टर वन 2022 में आपको देखने को मिलेगा मतलब कि फेबररी से यहाँ पे मार्च के बीच में आपको देखने को मिलेगा और कब तक ये अवेलेबल होगा इंडिया में तो बोल सकते हो मार्च मार्च एंड तक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा सारे जितने भी यहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह हैं तो तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है इम्प्रूवमेंट वगैरह तो और काफ़ी यहाँ पे जो न्यू सीरीज़ है एस सीरीज़ खासकर वो काफ़ी अच्छा लगा मुझको और एस सीरीज़ अगर मान लो कि चीप हुआ तो काफ़ी अच्छा लैपटॉप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बस इतना ही था 2022 में देखते हैं कि कितने सारे लैपटॉप्स और कितने अच्छे लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं और परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप्स आपको कितना ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो भी देखने वाली बात होगा तो थैंक्स फॉर गायस वॉचिंग इतना ही था और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं ने नेक्स्ट वीडियो में बाय